तो मेरे जिगर के चल आप लोग का फिर से स्वागत है ख़तरनाक से एकदम गेम कस्टम गेम प्ले में जो कि अभी मैं अपने दोस्त के साथ खेल रहा हूँ और आप लोग का स्वागत करता अरे तेरी बहन को नमन मन देख लो गाई आप लोग का स्वागत भी नहीं करने दे रहा है इससे को हेड मारते फिर आपसे बात करते सामने सामने आ तेरी बहन को नमन रुक जा साल बात नहीं करने दे रहे तो मेरे को इनसे है अगर गाई मैंने इसको हैड मार दिया वुड पीकर से तो आप लोग को सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा आदत बहन को सामने मिलती रही तो वादे मुताबिक